ये दोस्तों कैसे हो आप सब सब बढ़िया यार इतनी ठंडी है कि जगने की मन ही नहीं करती है राइस में सोए रहो सिंह क्या बताएं रात को इतनी ज़्यादा ठंड लग गई यार की जिसमें सर्दी हो जाएगी सही बताऊं यार यार अच्छे से सुहा आप लोग अच्छे से